नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आमेटा एजुकेशन पर आज एक नवीन आदेश शिक्षा कर्मी पैरा टीचर और विद्यालय सहायक के लिए जारी हुआ है मानदेय में वृद्धि की गई है संविधा सेवा रोल्स के अनुरूप अलग अलग परिस्थितियों में उनके वेतन का निर्धारण किया गया है क्या नया आदेश है क्या है परिपत्र में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि एजुकेशन से संबंधित इसी प्रकार की अन्य वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले आइए शुरू करते हैं राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर आज ही दिनांक 31 अक्टूबर 2022 का एक परिपत्र जारी हुआ है विषय दिया गया ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी तथा पैरा टीचर्स को राजस्थान हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज के प्रसंग दिया गया है महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नांकित संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है कौन कौन से पद हैं ग्राम पंचायत सहायक पद तेबिस हजार सात सौ उनपचास पद को तीन गए में बांटा गया है। वरिष्ठ के २६ पद दिए गए हैं वरिष्ठ शिक्षा कर्मी सत्रह पद दिए गए हैं सामान्य शिक्षा कर्मी के दो पद दिए गए हैं।, हैं।, हैं और पैरा टीचर के तीन पद उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्टुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रोल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु तो इन पदों का नवीन पदनाम नाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति द्वारा प्रदान की जाती है नाम बदलकर इनका मानदेय में परिवर्तन किया गया है विद्यमान नाम शिक्षाकर्मी जिसका संशोधित नाम रहेगा शिक्षा सहायक के रूप में और मानदेय निर्धारित किया गया है दस पैरा टीचर्स जिसका नाम संशोधित किया गया है पाठशाला सहायक और मानदेय निर्धारित किया गया है दस हज़ार चार सौ ग्राम पंचायत सहायक जिसका संशोधित नाम है विद्यालय सहायक और मानदेय निर्धारित किया गया है दस हज़ार चार सौ इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा यदि इस मानदेय से अधिक किसी को मिल रहा है तो उसको उसी मानदेय पर संरक्षित किया जाएगा एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम तीन के प्रावधान अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं निम्न संशोधित पदनाम होगा इसमें भी पदोन्नति सृजित की गई है जो शिक्षा सहायक हैं यदि 9 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेते हैं तो शिक्षा सहायक ग्रेड द्वितीय के नाम से जाना जाएगा और उनका मानदेय निर्धारित किया गया है अठारह हजार पाँच सौ रुपये इसी प्रकार अठारह वर्ष की अवधि यदि पूरी कर लेते हैं शिक्षा सहायक तो उन्हें शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट के रूप में जाना जाएगा और वेतन मानदेय निर्धारित किया गया है बत्तीस हजार तीन सौ रुपये पाठशाला सहायक के लिए यदि नौ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेते हैं तो पाठशाला सहायक ग्रेड द्वितीय निर्धारित किया गया है जिसका मानदेय होगा 18,500 रुपए और 18 वर्ष की सेवा संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट और मानदेय होगा बत्तीस रुपए इसी प्रकार से विद्यालय सहायक के लिए 9 वर्ष की सेवाएँ पूर्ण कर लेने पर पद का नाम होगा विद्यालय सहायक ग्रेड द्वितीय मानदेय होगा 18,500 और 18 वर्ष की संविधा सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर विद्यालय साय ग्रेड प्रथम और मानदेय होगा बत्तीस हजार तीन सौ उपरोक्त संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन होगा क्या है शर्तें देखते हैं जिन संविधा कर्मियों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है हम उन कार्मिकों को क्रमशः नौ व अठारह वर्ष की नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में दो वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा यदि पूर्व में उनको इन दोनों से मानदेय ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें दो वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित होगा जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी नौ व 18 वर्ष की सेवागणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा नौ व अठारह वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी यदि इन्हीं कार्मिकों की पूर्व में किसी मानदेय को संरक्षित करके किया गया है तो उनकी 9 व अठारह वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी इन नियमों के जब से लागू किया गया है तब से उसको माना जाएगा ऐसा इसमें बताया गया है पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व अठारह वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी अतः उपरोक्तानुसार आस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाए उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे विशेष बात इसमें यह है कि ये वित्त विभाग की स्वीकृति के साथ जारी हुआ है उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई संख्या और चौदह दस दो में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में की जाती है तो ये एक विद्यालय सहायक पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो सरकार ने दिवाली के अवसर पर दी है इसी प्रकार के और भी बेहतरीन शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें